वेलकम बैक गुजराती चेस जोन आज हम देखने वाले हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस में इन पोर्टुगीज गैम्बेट ये वर्ड याद रखना पोर्टुगीज गैम्बेट अभी तक हमारा वही चैप्टर चल रहा है पोर्टुगीज गैम्बेट तो ई फोर स्टार्ट करते हैं ईडी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर बीसप जी फोर पे चेंजिंग है एफ के बजाय बिश इ तो में आपको बिश टेक्स बिशअप माना है दो ऑप्शन है व्हाइट के पास नाइट ई टू और क्वीन ई टू नाइट क्वीन क्विंटी फाइव हालांकि करेगा यहाँ पे आपको खेलना है नाइट सी सिक्स ये सिक्स मूव कंप्लीट हो गए और इसके बाद नॉर्मल है जैसे की सी थ्री लॉन्ग कैसल फिर e5 भी कर सकते हो next में तो ये एकदम सिंपल वेरिएशन है queen e2 अब देखते है क्लासिकल वेरिएशन दोस्तों पोर्टु, जो पोर्टुगीज गैम्बिट का लास्ट चैप्टर है आज हमारे पोर्टुगीज गैम्बिट हम खत्म करने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में लास्ट में बताता हूँ ई फोर डी फाइव ई डी फाइव और नाइट एफ ये है क्लासिकल वेरिएशन आफ्टर नाइट एफ सिंपल क्वीन डी फाइव अब मेन ई टू यहां पे वाइक बहुत सारे मूव कर सकता है बी वेरिएशन में सी फोर मतलब कि क्वीन पे अटैक सी फोर में आपको खेलना है दोस्तों सबसे बेस्ट मूव ये है वाइट के लिए बिशअप जरूरी है E2 जरूरी है। अर्ली सी करते हैं तो आप बिशअप से नाइट को कैप्चर कर सकते हो पॉन्ट स्ट्रक्चर आप वाइट का खराब हो जाएगा बिशअप एप थ्री जी टेक्स और फिर क्वीन एच फाइव क्वीन एच अगर यहां पे क्वीन बी किया तो एन बी डी बिशप जी और यहां लॉन्ग कैसल मोस्टली आप लोगों ने देखा कि इस कैंडियन इन डिफेंस में ज्यादातर लॉन्ग कैसल किया गया है अब देखते हैं नेक्स्ट जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूंगा मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है आइसलैंडिक गेमबिट आइसलैंडिक गैमबिट जैसे कि ई फोर डी नाइट एफ ये बहुत ही अटैकिंग लाइन है सी फोर थोड़ी सी वीक मूव है व्हाइट की यहां से आपको करना है कंटिन्यूस अटैक और कैसे करना है इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सबसे पहले में लास्ट वीडियो वाला जो क्वेश्चन था पजल थी उसका आंसर आपको बताता हूं ये थी पोजिशन दोस्तों लास्ट पजल की लास्ट वीडियो वाले पजल की यहां पे ब्लैक ने क्वीन एस फोर्स मेट की थ्रेड भी है तो यहां सारे मूव्स फोर्स होंगे सबसे पहले रुक एफेट चेक अगर किंग जी सेवन या एच सेवन मूव करता है तो सिंपल आप टेक्स पॉन और डबल अटैक से क्वीन प्लस होते हैं तो फोर्स मूव है किंग टेक्स रुक देन नाइट एफ डिस्कवर्ड डिस्कवर चेक बाई क्वेन अगर क्वेन इंटरपोज होते हैं तो रुक चेक मेट है दोस्तों तो यहां पे फोर्स वेरिएशन किंग जी एट क्योंकि तो किंग ई एट में क्वीन ई सेवन मेट है तो किंग जी एट कोर्स मूव है यहां पे क्वीन सेक्रीफाइस आएगा क्वीन एफेट आफ्टर दिंग टेक्स क्वीन देन रुक चेक मेट दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है वाइट टू प्ले कमेंट बॉक्स में आपके आंसर लिखिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में इस आंसर का मेरे आंसर से कंपेयर कीजिए सही है या गलत आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आंसर और जितने भी पजल्स मैं लाता हूँ डिफिकल्ट होते हैं तो हरेक पजल के लिए आपको दस से पंद्रह मिनट सोचना होता है आराम से और जो भी बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है बहुत ही एक्सपर्ट एडवांस है उनको जल्दी मिल जाते हैं आंसर तो नए वीडियो में हम देखेंगे आइसलैंडिक गेमबिट के बारे में आइसलैंडिक गेमबिट बहुत ही अटेकिंग लाइन है क्या है आइसलैंडिक गेमबिट e4, d5, exd5, फाइव एट नाइट एफ अब c4. जब भी कोई सीखो और ये लाइन खेलता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे इसमें बहुत अटैक मिलता है बहुत खेलने का मजा आता है तो इसके बारे में कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए कि, सारे वीडियोस आप ध्यान से देखना जल्दी मिलेंगे जय हिंद जय भारत।